आप फ्रेंड अगर जीबी बी यूज़ करते हैं और आप फ्रेंड आपके पास किसी पर्टिकुलर नंबर से बहुत ज़्यादा कॉल आती है आप ये चाहते हैं कि उस नंबर से कॉल ना आए बिल्कुल तो आप कैसे करेंगे आप जीबी बी व्हाट्सएप पर जाएंगे यहाँ फ्रेंड उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ फिर से क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएँगे यहाँ ये नो कॉल का ऑप्शन है इसको आपको अनेबल करना है फ्रेंड इसको अनेबल करने से क्या होगा अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं और ये पर्सन आपके पास कॉल करेगा तो उस पर्सन को तो ऐसा लगेगा कि जैसे कॉल जा रही है लेकिन आपके फ़ोन में कोई भी रिंग नहीं बजेगी हाँ बाद में आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी मिस कॉल आई हुई हैं, ये आप देख पाएंगे फ्रेंड कॉलिंग के और ऑप्शन में आपको यहाँ बताता हूँ आप बैक जाएँगे और बैक हो जाएंगे यहाँ कॉल वाले ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे Who can call me? इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ फ्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन रहता है इस कोई भी पर्सन जो आपके कॉन्टेक्ट में सेव है या नहीं है कोई भी आपको कॉल कर सकता है अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके मोबाइल की कॉन्टेक्ट इसमें सेव है वही कॉल करें तो आप यहाँ से माय कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो फ्रेंड यहाँ से आप जितने पर्सन को सिलेक्ट करेंगे वो पर्सन ऊपर की तरफ आते जाएंगे उसको करने के बाद आप यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड ये पर्सन जिनको आपने यहाँ ऐड किया है ये आपके पास कॉल नहीं कर पाएंगे इनके अलावा जो भी कांटेक्ट में आपके वो आपको कॉल कर पाएंगे जैसे फ्रेंड सिलेक्ट कांटेक्ट है आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से फ्रेंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन पर्सन आपको कॉल कर पाए तो ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे वो ऊपर की तरफ शो होते जाएंगे फिर आप एर पे क्लिक कर देंगे नीचे फ्रेंड नो का ऑप्शन है अगर नो बडी कर देते हैं तो कोई भी पर्सन आपको कॉल नहीं कर पाएगा अब इसमें नीचे फ्रेंड कुछ ऑप्शनस आ रहे हैं यहाँ फ्रेंड ऊपर अगर माइट कॉन्टेक्ट कर रखा है नीचे नो इंटरनेट कॉलिंग सिलेक्ट कर रखा है तो फ्रेंड इसमें क्या होगा आपके फ़ोन का अगर इंटरनेट ऑफ है बंद है तो भी क्या होगा जो पर्सन आपके पास कॉल कर रहा है जो कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है उसको तो उसके पास से रिंगिंग होगी आपका इंटरनेट बंद होने के बाद भी उसके पास से रिंगिंग होगी अब अगर यहाँ आप कॉल डिक्लाइन कर देते हैं तो फ्रेंड जो भी पर्सन आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है वो कॉल करता है तो उसके पास से रिंगिंग होगी लेकिन कॉल अपने आप डिक्लाइन हो जाएगी इसी तरह से अगर नॉट आंसर आपने सेलेक्ट कर दिया ऊपर माई कॉन्टेक्ट है तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में से जो भी कॉल करेगा कॉल होगी पर उसका कोई आंसर नहीं मिल पाएगा अगर आप यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं तो भी आप उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाएंगे फ्रेंड फ्रेंड ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ आप इनको करके देखना फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू